डीबी के इंद्र ने दियो सुमेवा हनो की धार चोलंग से विलिंग टिक्स के साथ चैनल जीके स्टडी में आपका स्वागत है है हमारा आज का विषय कांगड़ा कुल्लू जिलों के अतिरिक्त अवर्गीकृत चोटियां जी डीबी के इंद्र ने दियो सुमेवा गया उमाश्री का किला खाया पिन का घोर पतासा टिक्स के साथ कुल्लू की चोटियाँ सबसे पहली जो हाईएस्ट चोटी है कुल्लू की डिब्बी बोकरी जिसकी हाइट है 6400 दूसरी महत्वपूर्ण चोटी है इंद्रासन 6220 मीटर दियो टिब्बा मीटर सोलांग पाँच मीटर मेवा कांदीनो 5940 मीटर उमाशिला पाँच मीटर शीतिधार 5,290 मीटर श्रीखंड पाँच मीटर, इंद्र का किला 5,4940 मीटर पिन पार्वती 4,800 मीटर घोरला तीनों चार, चार मीटर पतालसू 4,470 मीटर साछ 3,000 540 मीटर इससे जो ट्रिक्स बनती डीबी डीबी बोकरी से से से से से से शब्द इंद्र से इंद्रासन दियो से दियो सो से सोलंग। मेवा से मेवा उमा से उमाशिला शित से शितधार। श्री से श्री श्रीखंड किला से इंद्र किला पिन से पिन पार्वती घोर से घोरलातिनु पता से पतालु सा से सा और जो ट्रिक्स हमारे पास बनती है याद रखने के लिए डीबी के इंद्र ने दियो सो मेवा गया उमाशित श्री का किला खाया पिन का घोर पतासा एक बार मैं रिपीट करता हूं डीबी के इंद्र ने दियो सो मेवा गया उमाशित श्री का किला खाया पिन का घोर पतासा अब इसमें हाइट को एनालाइज करने के लिए इसको सिंप्लीफाई याद करने के लिए सबसे पहले सिक्स डीबी चार यानी डिबी बोखरी की जो हाइट है वो 6,400 मीटर है और ये देखिए इंद्र 200 का मतलब है कि इंद्र किला की हाइट 6,200 मीटर है डिओ जीरो का मतलब है डिओ टिबा की हाइट जो है 6,001 मीटर है अर्थात ये 6,000 की रेंज में डिबी इंद्र दो सो डिओ जीरो पांच हजार की रेंज में हमारे पास जो चोटियाँ आती है सोलंग पाँच है मेवा कांदिनू पाँच है उमाशिला पाँच हज़ार नौ सौ चौरानवे हैं शिश्रीधार पाँच हैं पाँच मीटर है श्रीखंड इसी तरह से जो 4,000 की रेंज में हमारे पास चोटियाँ आती हैं वो है पिन पार्वती 4,800 मीटर घोरला तिनू चार मीटर पतालसू 4,470 मीटर साँच वह तीन सात का मतलब है कि साँच जो चोटी है उसकी हाइट 3,540 मीटर है नेक्स्ट है कांगड़ा की पर्वत चोटियाँ हन्नु की धार चोलंग से विलिंग हन्नु की धार चोलंग से विलिंग सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान टिप्पा जो कि कांगड़ा की सर्वोच्च चोटी है जिसकी हाइट है 5,860 मीटर दूसरे नंबर पर है धौलाधार पाँच हजार पाँच सौ पचास मीटर तीसरे नंबर पर है चोलंग तीन हजार दो सौ सत्तर मीटर और चौथे नंबर पे हैं बिलिंग टॉप तीन हजार पचास मीटर इससे जो हमारे पास एक्रोनिम बनता है हनु की धार चोलंग से बिलिंग अर्थात यहां देखिए हनुमान टिब्बा ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सर्वोच्च चोटी है कांगड़ा की उसमें से हनु ले लिया धोलाधार में से धार ले लिया और चोलंग में से पूरा चोलंग शब्द ले लिया बिलिंग टॉप से बिलिंग ले लिया तो हनु की धार चोलंग से बिलिंग इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं अगर हाइट की हम बात करें तो पाँच हनु 860 का मतलब है हनुमान टीबा की हाइट 5,860 मीटर है चार धार 550 का मतलब है धौलाधार की चोटी की जो हाइट है वो चार मीटर है तीन चोलंग दो का मतलब है चोलंग की हाइट तीन है और तीन बिलिंग पचास का मतलब है टॉप की हाइट मीटर है। कुछ चोटियां हैं हिमाचल की जो कि क्लासिफाइड नहीं हुई हैं। इस पर भी आप नजर रखें एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत रखेंटेंट चोटियां हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं गया चोटी जिसकी हाइट जो है वो छह हजार सात मीटर है और ये लाहौल स्पीति में स्थित है ये देखिए गया चोटी यहाँ है लाहौल स्पीति के अंदर और हाइट जो है वो छः हजार सात मीटर है दूसरी जो महत्वपूर्ण चोटी है उदंग कांगड़ी उदंग कांगड़ी और इसकी हाइट है छह मीटर ये भी लाहौल स्पीति के अंदर स्थित है अगली जो महत्वपूर्ण चोटी है कुल्लू पुमोरी ये भी लाहौल स्पीति के अंदर चोटी है और इसकी हाइट है छह मीटर चंबा की जो महत्वपूर्ण चोटी है जो कि अवर्गीकृत चोटी है मैंथोसा छः मीटर है सनकटैक जोत के नाम से छः मीटर है और कुल्लू में पार्वती शिखर जो है वो उसकी चोटी 6,632 मीटर है ये कुल्लू के अंदर दी गई है इससे आप याद रखने के लिए जो एक्निम बनता है लाहौल के गया उदंग से पुमोरी चंबा में सन कुल्लू की पार्वती अर्थात लाहौल की चोटियां हैं गया उदंग कांगड़ी और पुमोरी चंबा में सन का मतलब है चंबा में कौन कौन सी चोटियाँ मे से मैंथोसा सन से सनक डैक कुल्लू की पार्वती अर्थात कुल्लू में कौन सी चोटी है पार्वती शिखर है ये अनक्लासिफाइड है अवर्गीकृत चोटियां हमारे पास है यस yes, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित चोटी किन दो जिलों के मध्य स्थित हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ महत्वपूर्ण चोटियों को जो है एनालाइज कर लें जैसे कि संयुक्त चोटियाँ मैंने यहाँ पर आपके पास दी हुई हैं मानेरंग किन्नौर और, और लाहौल स्पीति के बीच में स्थित हैं के बाउंड्री लाइन पर स्थित हैं पिशु किन्नौर और शिमला के बीच में स्थित हैं गुस्सू किन्नौर और शिमला के बीच में स्थित हैं पापसुरा जो हैं लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच में है धर्मसुरा कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में।, में है, बेहाली जोत चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में है शिखर बेहू कांगड़ा और लाहौल स्पीति के बीच में है मुक्कर बेहू कांगड़ा और लाहौल स्पिति के बीच में है पार्वती शिखर कुल्लू और लाहौल स्पिति के बीच में है हनुमान टिब्बा कुल्लू और कांगड़ा के बीच में स्थित है पिन पार्वती कुल्लू और कांगड़ा के बीच में स्थित हैं सन डैक जो वो चंबा और लाहौल स्पिति के बीच में स्थित है चूड़धार जो है वो शिमला और सिरमौर के बीच में स्थित हैं प्रदेश की सर्वोच्च दस चोटियां हैं वो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए उसकी हाइट भी याद होनी चाहिए और साथ में जिलों के अंदर उनकी लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में अधिकतर इन्हीं चोटियों में से पूछा जाता है शिला सात मीटर है किन्नौर के अंदर है रियो पर्जियाल छः मीटर है किन्नौर के अंदर है निन्जेरी 6640 मीटर है कि किन्नौर के अंदर है शिपकी छः हज़ार मीटर है किन्नौर के अंदर है मारे रंग छः मीटर है लाहौल स्पिति के अंदर है ग्रेनाइट छः मीटर है किन्नौर के अंदर है रंगरीग छः मीटर किन्नौर के अंदर है मुरकिला 6520 मीटर लाहौल स्पिति के अंदर है किन्नर कैलाश 6500 मीटर है किन्नौर के अंदर है और जोर कानदेन मीटर की चार के अंदर है इनको याद रखने के लिए जो ट्रिक्स हैं शिओनी की शिप मागरे रंग दे किन्नौर की जोर शिला रियो शिप की माने रंग ग्रेनाइट रंगरीक मुर किला किन्नर कैलाश और जोरकानदेन ये दस चोटियां हैं जो कि सर्वोच्च चोटियां प्रदेश की चोटिया हैं क्लासिफाइड हैं श्रीरोनी की शिप मांगरे रंग दमू किन्नौर की, की जोर श्रीरिनी की शिप मांगरे रंग देमू किन्नौर की, की जोर हमारा अगला वक्तव्य होगा हिमाचल की प्रमुख नदियां। अपडेशन के लिए आप YouTube चैनल जी स्टडी को फॉलो करें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू